Teriyanak tereshu kya wada kya wada, de tera kaj lagar <laughs> dae, pagal hypnotize karay chadnu kya wada. सब उसके बापू का माल है तुट्टी है आखे तेरी घुमरा देवाल हैं, चलती जैसे सब उसके... तेरे खाना खाना खाना खान के रे खाना खाना खाना खाना खन के हाँ खाना खाना खाना खाना खन के वेख वेख के चेहरा पढ़े नहीं हैं।